हम आप सब लोगों को कहना चाहेंगे इस तरह से मानसिकता से हटिए हम सब क्या है कोई ऊंच नीच नहीं है कोई बड़ा जात कोई छोटा जात नहीं हम सब एक हिंदुस्तानी हैं हम सब को एकदम मिलजुल कर रहना चाहिए इतना हंसी मजाक करके इतना खुशी से रहना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले भैया कौन इसमें बड़ा कौन छोटा एकदम मिल रहना चाहिए कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आसिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा